गाजर मैं अभी गंगा नदी के किनारे हूँ और गंगा नदी के किनारे गाजर बहुत ही मज़ा आता है बहुत सारे फसल वैसे होते हैं जो कि बिना खाद के होते हैं वैसे में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग रोज़ खाते होंगे रोज़ नहीं कुछ चेंज करके भी खाते होंगे लेकिन गाज आपने इस सब्ज़ी को ज़रूर से खाया होगा जी हाँ गाजर तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ परवल जी हाँ गाजर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि खेत में कैसे पड़वल फाड़े होते हैं उगे होते हैं वो नहीं देख पाते हैं जी हाँ गायजार बड़े बड़े लोग तो नहीं जानते होंगे कि खेत में जो पड़वल है वो किस तरह का होता है किस तरह का पड़वल का जो है वो बीज होता है पेड़ होता है वो नहीं देखे होंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो परवल का गाइजर फसल होता है वो कुछ इस तरह का होता है और परवल गाइजर जमीन पर भी होता है और ज़मीन के ऊपर भी होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो परवल है वो किस तरह का ये देखिए गाइजर ये भी परवल खिज्जा है खिज्जा का कहने खिज़ा कहने का मतलब ये है गाय जार ये छोटा है अभी काफ़ी छोटा है बच्चा है ये और ये काफ़ी बड़ा बड़ा होता है गाय और ये बिना खाद का है जी हा गाइजर ये बिना खाद का इसलिए है क्योंकि इसके बगल में जस्ट आप देख सकते हैं कि गंगा नदी है चीहा गाय जार तो इस वजह से गाय इसमें खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है जरूरत ही नहीं पड़ता है गाय मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी आप देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा परवल है गायजार ये देखो कितना बड़ा है इतना बड़ा परवल है और बड़े बड़े लोग वैसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि परवल का फसल कैसा होता है परवल खेत में कैसे उगते हैं उनको कुछ भी मालूम नहीं होता तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। ये देखो ये सारा जो है गाजाल ये परवल का ही खेत है और जहाँ तक आपको दिख रहा होगा गाजाल सारा का सारा परवल ये है ये देखो हर जगह गाजार ये परवल मैं आपको एक दो परवल तोड़ के दिखाता हूँ गाजाल ये देखो ये एक तोड़ा है एक क्या तोड़ा एक तो और ये दूसरा ये देखे। ये देखे। देख लल्स <laughs> आप देख सकते हैं मैंने परवल देते तोड़ा ये देख सकते हो <laughs> परवल वाला आ गया ये देखो गाजर। ये सारे परवल वाला है ये इसका ही खेत है गाजर। ये देखो ये यही खेत गाई इन लोगों का ही है ये देखो जाओ जाओ बाय बाय जाओ जाओ जाओ तो गाय जार परवल का खेती ऐसे होता है जैसा कि मैंने मैंने अभी आपको दिखाया उम्मीद करता हूँ कि ये परबल और परबल कैसे उगता है ये मैंने आपको बताया है तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं बस पाँच सौ जी हाँ गजरबस इतना ही तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ क्या कहाँ रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही नहीं चलो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो कर दिया तो चलिए अब मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जाए भारत